भैया भैया थे तुम? अपने में चाइना। हमारे बोर्ड परीक्षा पास में आज सोचा कैसे पास नहीं है अब मैं आ गया बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। दो तो हजार से अब आया तेईस में तो टेंशन ना ले तू बिना पेपर दिए पास सच में सच में